असल रहा गुलामी सनी को ले कीजिए सब्सक्राइबल आया सैलानी का मस्तो जाओ मेला आया सैलानी का मस्तो जाओ मेला आया सैलानी का मस्तो जाओ सैलानी की रूमती है सैलानी